ती सुन ले पुकार आया तेरे चरणों में माँ लक्ष्मी शहरकार दत्ती सुन लेकार आया

मैया मेरा तुझको आज पुकारा भुगागर में चला जा रहा दे दे तनख सारा मेरी बिनती एक बार आया तेरे चरणों में माँ लक्ष्मी सरकार